आप सभी को मेरा अपना हर्बल रेमिडीज नेचर स्टेजर में आपका स्वागत है मित्रों आज हम एक ऐसे प्लांट की चर्चा करेंगे जो हमारे नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों को हील करने का कार्य कर रहा है दोनों को हील करता है मित्रों गर्मियों का मौसम है इनडाइजेसन की समस्या हेडक की समस्या चक्कर आने की समस्या वॉमिटिंग की समस्या और सर में होने वाले दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा है और गर्मियों में हीट स्ट्रोक की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है फेंटनेस भी हो जाती है मूर्छा जिसको कहते हैं तो उन सब डिसडर्स के निराकरण के लिए एक प्लांट की चर्चा करेंगे एकोरस केलामस इसको हम स्वीट फ्लैग भी कहते हैं और एकोरेसी फैमिली का ये प्लांट है उसका तो राइजोम हम लोग इस्तेमाल करते हैं मित्रों आप देख पा रहे होंगे कि इससे निकाला हुआ राइजोम ये प्लांट है और इसका राइजोम को हम साफ़ कर लेते हैं और उसको हम उपयोग में लाते हैं साथियों आयुर्वेद के अंदर इस प्लांट का डायरेक्ट उपयोग नहीं बताया गया है आपको शोधन करना चाहिए कारण क्या है कि इसके अंदर इस प्लांट के राइजोम के अंदर बीटा एसारोन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो कि ज़्यादा मात्रा में लेने से और लंबे समय तक लेने से कारसिनोजन का कार्य करता है तो उसको हमें शोधन की माध्यम से निकालना चाहिए इस राइजोम को लेकर आपको शोधन करना चाहिए शोधन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है आयुर्वेद के अंदर जिसमें हम किसी भी ड्रग की पोटेंसी को बढ़ाने का कार्य करते हैं और उसके थेरापेटिक इंडेक्स को बढ़ाते हैं ताकि वो ड्रग सेफ्टी लिमिट्स में उसका टीआई लेवल बढ़ जाए और उसकी सेफ्टी का लेवल बढ़ जाता है मित्रों इसके शोधन करने के लिए आप क्या करेंगे इसके राइजोम को साफ कर लीजिए और गोमूत्र में उसको भिगो दीजिए आप 24 चौबीस घंटे के बाद हमें सात दिन तक गोमूत्र को बदलना है और सात दिन बाद आप इसको फिर से ड्राई करके पाउडर बना लीजिए फिर आप इसको उपयोग में ला सकते हैं बीटा ऐसा रोन इस शोधन के माध्यम से रिमूव हो जाता है और इसको लेना बहुत सेफ हो जाता है साथियों क्या कर सकते हैं इसका दो से तीन ग्राम टुकड़ा लेकर आप डिकॉक्शन बनाकर या दो से तीन ग्राम पाउडर लेकर उसका डिकॉक्शन बनाकर अगर इंडाइजेशन की समस्या है फ्लैटुलेंस की समस्या है अफारा पेट में आ जाता है पेट में कीड़ों की समस्या है अल्सर की समस्या है किसी भी प्रकार का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उन सबको दूर करने का कार्य करता है अनवांटेड पेट में खिंचाव हो रहा है किसी सूजन के कारण भी ऐसा हो सकता है या किसी इन्फेक्शन के कारण भी ऐसा हो सकता है कोलाइटिस की समस्या है वास्ट थ्रापेटिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को ठीक करने का इसका कार्य करता है मित्रों हार्मोनल लेवल पे इसकी एक्टिविटी होती है आप इसका डिकोक्शन बनाकर दिन में दो बार सेवन कर सकते हैं दो से तीन ग्राम पर्याप्त होता है और उससे ज़्यादा मात्रा में अगर एक साथ आप लेते हैं तो वोमिटिंग भी कॉज कर सकता है मित्रों क्योंकि इस प्लांट का उपयोग हम कफ वात पित्त तीनों को रेमिडिएट करने के लिए करते हैं तीनों के डिसऑर्डर्स को बैलेंस करने का कार्य करता है त्रिदोषनाशक होता है साथियों अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम है ब्रोंकाइटिस है या अस्थमा है या सांस लेने में संबंधित डिसडर्स हैं तो यही जैसे छोटे बच्चे को कंजेशन हो गया है सांस लेने में दिक्कत आती है कफ़ निकल नहीं पा रहा है तो अगर इसकी मात्रा हम देते हैं तो वोमिटिंग के माध्यम से कफ को भी बाहर निकाल देता है कई बार पॉइजन अगर एडमिनिस्ट्रेशन कर लिया है या टॉक्सेंस शरीर के अंदर इकट्ठे हो गए हैं उनको निकालने के लिए तीन से चार ग्राम इसकी मात्रा दे देते हैं और इससे वॉमिटिंग आ जाती है और वोमिटिंग के माध्यम से शरीर के अंदर जो टॉक्सेंस होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं लीवर डिटॉक्स का ये कार्य करता है तो आपने इसमें देखा कि लीवर डिटोक्स करते हुए शरीर के टॉक्सेंस को बाहर निकालने का कार्य करता है नेचुरल एंटीडोट का कार्य करता है लंग्स के अंदर जमे हुए कफ को बाहर निकालने का कार्य करता है ज़्यादा मात्रा में लेने से वोमिटिंग को ये इंड्यूस करता है उल्टी को ये लाता है डाइजेस्टिव डिसोर्डर्स को दूर करने का कार्य करता है मित्रों अगर हेडेक हो गया हो या धूप लगने से ब्रेन स्ट्रोक की समस्या हो गई हो या वोमिटिंग लगातार आ रही हो तो आप देखेंगे कि आप इसकी कम मात्रा में लेकर इसका आप शरबत बना दीजिए और उसमें शहद मिलाकर सेवन करा दीजिए थोड़ा सा शोधित राइजोम आपको लेना है मित्रों अगर हेडेक से संबंधित डिसऑर्डर्स हैं तो आप इसके चून लेकर और उसको शरबत बनाकर पीना चाहिए आवश्यकता अनुसार उसमें आप शहद भी मिला सकते हैं तो गर्मी के कारण लू लगने के कारण वोमिटिंग हो रही है या हेडक की समस्या हो रही है माइग्रेन का पेन हो रहा है तो उसको ये ठीक करने का कार्य करता है मित्रों मैंने अभी बताया कि ज़्यादा मात्रा में लेने से ये वोमिटिंग कोस करता है और लिमिटेड मात्रा में रेशनली अगर आप इसको लेते हैं तो ये ही वॉमिटिंग को ठीक करने का भी कार्य करता है आपको इसको उपयोग को समझना पड़ेगा इसके अंदर अल्फा बीटा पाइनिन और कैम्फिन भी पाया जाता है इनका उपयोग इन्फ्लामेशन के लिए इरीटेशन के लिए फंगल बैक्टीरियल माइक्रोबियल वायरल सभी प्रकार के इन्फेक्शन को हील करने के लिए किया जाता है विनरल डिसीजों में आप इसका पेस्ट बनाकर लगा सकते हैं साथ ही इसके राइजोम का डिकॉक्शन बनाकर सेवन कर सकते हैं मित्रों मैं जहाँ भी राइजोम या पाउडर का उपयोग आपको बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि आपको शोधित ही उपयोग में लाना है शोधित की गुणवत्ता शोधित की पोटेंसी शोधित कि थ्रापेटिक इंडेक्स ज़्यादा होता है ज़्यादा सेफ़ होता है आप इसको आप इसको आसानी से गमलों में लगा सकते हैं आप इसको घरों में लगा सकते हैं इन्हीं राइजोम के माध्यम से इसका प्रोपिगेशन हो जाता है आप यहाँ से कटिंग करके बरसात के मौसम में गमलों में लगा दीजिए दिर धीरे धीरे ये बढ़ जाता है और इसमें एक्स्ट्रा रूट्स भी डेवलप हो जाती हैं इनके माध्यम से भी बाद में ये डवलप, सेपरेट ट्यूबल्स डेवलप सेपरेट राइजोम इन्हीं से डेवलप हो जाता है इस प्रकार से इसको आप बुखार के लिए डायरिया डिसेंट्री के लिए माइग्रेन के लिए और न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स के लिए उपयोग में ला सकते हैं साथियों इसका उपयोग हार्मोनल लेवल पर रेगुलेट करने का कार्य करता है मानसिक लेवल पे एसिटाइल एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिशन करने का कार्य करता है मेमोरी लॉस की समस्या है या फिर न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स की समस्या है ऐसी समस्याओं को भी ठीक करने में इसका विशेष उपयोग आता है आप इसको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए हार्मोनल इंबैलेंस को ठीक करने के लिए यूरोमस्कुलर असोसिएटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए सभी प्रकार से आप उपयोग में ला सकते हैं मित्रों क्योंकि ये राइजोम है और इसकी प्रॉपर्टीज़ सॉइल से हैवी मेटल्स को एक्सट्रक्ट करने की होती हैं थ्रापेटिक बेटर थ्रापेटिक बेनिफिट्स के लिए आप इसको ऑर्गेनिकली कल्टिवेट कीजिए ऑर्गेनिक प्रोड्यूस होता है उसका टी आई वैल्यू ज़्यादा होता है सेफ्टी लिमिट्स सेफ्टी वैल्यू उसकी ज़्यादा होती है बायोडीज़ल प्लांट भी इस प्लांट को कहा गया है आजकल बायोडीज़ल के फॉर्म में बायोडीज़ल एक्सट्रक्ट करने के लिए इसको हम काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल एंटी वायरल एंटी माइक्रोबियल पोटेंसी इस प्लांट की है नर्वस सिस्टम हमारा मस्कुलर सिस्टम डाइजस्टिव सिस्टम रेस्पैरेटरी सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम सभी पे इसकी एक्टिविटी देखी जाती है बहुत ही सेफ़ है ऑर्गेनिकली कल्टीवेटेड अगर है तो थ्रापेटिक बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं रिपीटेडली मैं ये ज़रूर कहूँगा ये जो जानकारी है आप जरूर शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सुबह आने वाली साढ़े छः बजे की जो वीडियो होती है उसमें आप अपने कमेंट्स भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हो सके तो बेलाइकन प्रेस कर लीजिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप सभी का धन्यवाद प्रणाम नमस्कार